वक्त अगर बुरा हो तो मेहनत करना वक्त अगर बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अगर अच्छा हो तो किसी की मदद करना इंसान कब बदल जाए हमें पता ही नहीं चलता और हम समझते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई इंसान अक्सर बदलते नहीं है दोस्तों वो दिखा देते हैं कि वो असल में कैसे है चेहरे से तो सब कोई मुस्कुराते हैं चेहरे से तो सब कोई मुस्कुराते हैं लेकिन अगर कोई दिल से मुस्कराए तो हमें बताना दोस्त। बात अगर मतलब की हो बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं लेकिन बातों का मतलब किसी को समझना नहीं आया आज तक कभी अगर हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा